आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर वो खुशी खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं कोई स्टूडेंट अभी तक तो खुशी नहीं देखा हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं देखिए बता है। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है अभी सर झुका के पढ़ लीजिए वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी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 खुशी कब मिलेगी आपको जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू होगा आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है और जब कमाने लगेंगे ना तब तो समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है वो एक रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी और गौर से देखा करो अपने माँ बाप की आंखों में ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते हैं।